ये देख सकते हैं आप जो शीतलपुर से रेलवे लाइन का कार्य चालू था जो चंडीगढ़ तक चलेगा ये यहाँ तक है ये शीतलपुर से हम यहाँ पे खड़े हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के पास का है ये यहाँ से वहाँ तक बिछेगी रेलवे लाइन ये कंस्ट्रक्शन का काम देख सकते हैं आप अभी तक ये शीतलपुर से यहाँ तक अभी इनका काम चल पड़ा है आगे तक चलेगा अभी ये पूरी रेलवे लाइन यहाँ तक बिछेगी आगे का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं जैसे भी चल रही है यार? तक आगे जहाँ से नीलम होटल का रास्ता जाता है ये हम अभी यहाँ से ये देख सकते हैं जहाँ से नवानगर का रास्ता स्टार्ट होता है पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास से अभी हम वहाँ तक पहुँचे हैं और ये जा रही है शीतलपुर को रास्ता जा रहा है जहाँ से मैंने पार्ट वन बनाया था उसमें आपको लिंक दे दूँगा आप देख सकते हैं तो जाएगा ये देख सकते हैं इस इस तरह से जो कार्य चल रहा है शीतलपुर से लेकर चंडीगढ़ रेलवे तक का बद्दी जो इंडस्ट्री एरिया यहाँ से देख सकते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक रेलवे लाइन बिछेगी ये नज़ारा नवानागढ़ तक के है जो पंजाब और हरियाणा के बीच के बॉर्डर के पास पड़ता है नज़ारा देख सकते हैं आप ये खेत और यहाँ तक के रेलवे लाइन यहाँ तक आएगी